एक चेतावनी माध्यम बीच बीच में और, और, और। तो आवे नहीं ठीक है कलाकार रो लेकिन आप लोगों जय भी आज रे रेमित में तो ठीक रे काले आप जय बोल सको माता माता होता होता बोल दो जय हो करवालों ने व्यम पड़े ने माताजी रे गया था जगह तो कभी देह का और मोह भरोसा नजार में और आज मसाना माय गंदी है जीवनी कोई गारंटी वारंटी नहीं है कोई कोई भी स्पीकर लाओ लाओ लाओ लाओ मशीन कूलर सब है है गारंटी गारंटी गारंटी गारंटी गारंटी वारंटी वारंटी रो बेस लगो तो तो साल दस साल दस साल नहीं एक गुरु महाराज जी कर दे तो मानव जीवन लेकिन जय सब तो बोल सके जय के वो भी जय के वहा करने वे के जे। और वे तो जे अगर मनक जन्म में नहीं तो आगे है। जे जम जय बैठते लेकिन आजकल आज कल रा कल ही हो गुरु माते, गुरु गुण ने गुरु पोल में हुता, मासो डाले। गुरु में में तो महाराज महाराज थोड़ा बिजली खड़की की बारिश आवे देखे नाव शेख करो लीली जो बनने बारिश है गुरु महाराज का एक छेला अबे थोड़ी लाइट लाइट बंद कर दे, अबे, अबे, अबे। बंद कर दे। दे तो बंद कर नींद नहीं गुरु गुरु कोई लेने के दे काम के बोली तो नहीं अण बोले है और जो कोई जाने बोलो तुल तो तो तो तो तो तो पीछे खोल कागा किसका हरे और को, किस को दे बोली, बोली अपने कारण वगत अपना कर दे बोली मैंने बोलें बोलें कीमत है। एक तो आप सुला गया नेक वकील बोले पहले पैसा लाख रुपया ले, ले आप दो लेकिन बोली कीमत ले। ये पर तो, ये था था था था, ये ये तांग तो चले चले पाट मैं नहीं रोड़े रोड़े अगर रोड़ो छोड़े चले मजे कोई आप जानो ही जी जीत गुरु जी जीरो मन मेरा ओ जी रे गुरु जीरा चलिए आवे नहीं गेले z बहुत सुंदर बात की की जगदम्बे मात की भगत और भगवान की सासे दरबार की